साल दर साल शोधकर्ता ठोकर खाते हैं अंटार्कटिका में कुछ अस्पष्टीकृत रहस्य जिसने मुख्यधारा के इतिहासकारों को झकझोर दिया और पुरातत्वविद कथित तीन पिरामिडों से पूरी तरह से गीजा में पिरामिड जैसा दिखता है दर्जनों अजीब वस्तुओं के लिए उपग्रह छवियों अंटार्कटिका द्वारा पता लगाया गया पृथ्वी का सबसे कम खोजा जाना जारी है महाद्वीप यह देखते हुए आश्चर्य की बात नहीं हो सकती यह किसी से भी सबसे दूरस्थ स्थान है मानव सभ्यता और यह नीचे दब गई है कम से कम तीन मील बर्फ लगभग पांच किलोमीटर यह सबसे ठंडा उच्चतम हवा है और इसे बनाने वाले ग्रह पर सबसे शुष्क स्थान पुरातत्व के लिए लगभग असंभव उत्खनन और अन्वेषण बिना लाखों डॉलर खर्च करना कोई आश्चर्य नहीं हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं हालांकि हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं हमेशा की तरह जीवाश्म रिकॉर्ड के रूप में आश्चर्यजनक है लाखों साल पहले प्रकट करें अंटार्कटिका एक गर्म स्वर्ग की तरह था और उष्णकटिबंधीय जंगलों के जंगलों में आच्छादित झीलों की वनस्पति और सभी प्रकार के वन्यजीव यह कई लोगों को इसमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है संभावना है कि किसी बिंदु पर सुदूर अतीत अंटार्कटिका का घर था पृथ्वी की सबसे पुरानी सभ्यता और वह सब वहाँ देखी गई अजीबोगरीब खोजें इसके अस्तित्व के मात्र निशान हैं बेशक वैज्ञानिक तीनों को नहीं खोज सकते बर्फ के मील अच्छी तरह से लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई नहीं जानता बर्फ के नीचे क्या है जाहिर तौर पर इसलिए नहीं कि उन्नीस के अंत में बुल में काम कर रहे जर्मन धर्मशास्त्री तर्की को चर्मपत्र चर्मपत्र मिला जिस पर एक नक्शा खींचा हुआ था नक्शा 1513 से था और एक उदबिलाव द्वारा खींचा और हस्ताक्षरित किया गया था एडमिरल और मानचित्रकार के नाम से अहमद मोहिदीन पिरी जिसे बाद में पिरीक के नाम से जाना गया जाति यह बहुत आश्चर्यजनक था कि नक्शा के साथ उत्तर और दक्षिण अमेरिका को दर्शाया गया है चरम विवरण हालांकि अमेरिका पहले ही खोज लिया गया था 21 साल पहले इसके साथ मैप नहीं किया गया था इतनी सटीकता बहुत बाद तक इसने पेरी रेस मैप को सबसे पुराना बना दिया अमेरिका का जीवित विस्तृत नक्शा मानचित्र में एंडीज को भी दर्शाया गया है पहाड़ जिन्हें पहली बार चौदह उद्धत किया गया था वर्षों बाद फ्रांसिस्को पिजारो द्वारा वास्तव में हैरान विद्वान यह थे कि पेरी रेस मैप ने भी खुलासा किया अंटार्कटिका महाद्वीप और न केवल कि लेकिन इससे पहले कि यह चित्रित किया गया था बर्फ से ढका हुआ कोई नहीं समझा सकता कि यह कैसा था इस तथ्य पर विचार करना संभव है कि मुख्य भूमि अंटार्कटिका की खोज की गई थी एक और यह तब तक लंबे समय तक कवर किया गया था बर्फ के साथ जाहिरा तौर पर पेरीरेस ने नहीं बनाया पूरी तरह से खुद से नक्शा इसके बजाय उन्होंने के विशाल पुस्तकालय का उपयोग किया कॉन्स्टेंटिनोपल जो अब में था ओटोमन्स का कब्जा वहां उन्होंने विभिन्न प्राचीन का खुलासा किया पुरानी सभ्यताओं के नक्शे जैसे मिस्र के यूनानी और भारतीय एक साथ छह अन्य स्रोतों के साथ प्रति नहीं था खुलासा करना चाहते हैं जहाँ से इन सभ्यताओं ने ले लिया अंटार्कटिका के भूगोल का ज्ञान जब यह बर्फ़ के बिना था और कौन था अन्य छह स्रोत अभी भी एक रहस्य हैं बहुत से लोग इन सभ्यताओं को मानते हैं यह ज्ञान बहुत पुराने से प्राप्त करें स्रोत स्रोत शायद से छोड़े गए पर मौजूद पहली सभ्यता धरती एक समय में अंटार्कटिका में रहने वाली संस्कृति जब बर्फ़ और महाद्वीप नहीं था गर्म और जीवन और वनस्पति से भरा था भले ही हम यह मान लें कि नाविक नौकायन करते हैं अमेरिका अफ्रीका के तट के नीचे और अंटार्कटिका को मैप करने के लिए फिर पेरीरेस मानचित्र केवल तटीय को इंगित करना चाहिए विशेषताएं फिर भी नक्शा सटीक रूप से चित्रित करता है पहाड़ नदियाँ और गहरी भूमि सुविधाएं जिसे विवरण के बिना नहीं जाना जा सकता है अन्वेषण यह 2004 और 2007 तक नहीं था जब विस्तृत सोनार रडार ने अंटार्कटिका का सर्वेक्षण किया और स्थलाकृतिक विशेषताओं को स्कैन किया बर्फ की टोपी के नीचे के परिदृश्य का आश्चर्यजनक रूप से पेरी रेस का नक्शा इन सभी विशेषताओं को नीचे दर्शाया गया है बर्फ बहुत से लोग नक्शे को सबूत मानते हैं वह एक प्राचीन उन्नत सभ्यता लाखों साल पहले अस्तित्व में था हो, चित्रित अंटार्कटिका या कि किसी प्रकार का अलौकिक संपर्क ने इसे लाया पूर्वजों को ज्ञान जो भी हो हम कभी नहीं जान सकते क्या वास्तव में के तीन मील के नीचे स्थित है अंटार्कटिका में बर्फ लेकिन शायद हम नहीं बर्फ के नीचे देखने की ज़रूरत है क्या होगा अगर हम समुद्र के तल को देखें इसके बजाय समुद्र तट के पास हम वहाँ क्या पा सकते हैं